लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़े हुए एक प्रयोग पर और ये प्रयोग बहुत ही खास रहने वाला है तो आप लोग कॉपी पेन अपना ले लीजिए और नोट करिए दर्शकों एक आप लोगों से हमारी गुजारिश है किस कार्यक्रम को देखिए आप लोग अब उस तरीके से लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़कर के निवेदन है कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप फेसबुक पेज पर शेयर करिए हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आज करना क्या होगा प्रातःकाल जल्दी उठ जाइएगा एक किसी पात्र में लोटे में आप लोग एक जो है थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिएगा कच्चा दूध ले लीजिएगा उसमें शुद्ध जल डाल लीजिएगा मिश्री डाल लीजिएगा कच्चा दूध रहेगा ही थोड़ा सा केसर की पत्ती उसमें डाल लीजिएगा दो तीन केसर की पत्ती हो पर्याप्त है और मिश्री डाल लीजिएगा मिश्री उसमें मष्ट है डालना और इन सभी चीज़ों का मिक्सचर करके सुबह जाना है पीपल के वृक्ष पर श्रीम मंत्र से जी हाँ लक्ष्मी प्राप्ति का ये मंत्र श्रीम मंत्र से आपको अभिषेक करना रहेगा और संध्या काल के समय एक जो है चतुर्मुखी दीपक जलाना रहेगा पीपल के वृक्ष के नीचे गाय के घी से बना हुआ और इसको जलाने के बाद आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पर बैठ के हो सके तो हनुमान चालीसा का एक पाठ जरूर कर लीजिएगा और आप लोग शीघ्र ही देखेंगे कि जैसे ही उपाय तीन चार जो है शनिवार आप करेंगे लक्ष्मी की कमी आपके पास नहीं रहेगी आपको जो ज़रूरत होगी आपके पास धन संबंधी जो है मामले आते जाएंगे तो दर्शकों प्लीज़ आप लोग इसको करिए और हमसे गुजा, हमारी गुजारिश है कि इसके जो भी लाभ हों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए